जो बेल आएगा वो उसके बाद ऑल प्रेस कर कर oh yes, यार हम कर लेते हैं दोस्तों यहां पर दोस्तों तो उसके बाद यहां पर हम ओपन हैं इसको एक्टिव करके देख लेते हैं दोस्तों ओ oh! सो so, हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू काफ़ी ज़्यादा मजदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेके दोस्तों सो आज का वीडियो सो so, आज का वीडियो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि हैग हम कैसे कर लेते हैं दोस्तों सो so, आज मैं फुल आप लोगों को मैं शुरू से करके एंड तक खेल के भी दिखाऊँगा दोस्तों सो so, वीडियो भी बने रही दोस्तों एंड सो वीडियो स्टार्ट करने से आगे आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों यार जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पहली बार आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों बटन आएगा दोस्तों यार पता नहीं यार क्या किस्मत क्या है यार आज का यार ओ भाई ओ भाई भाई किस्मत ही किस्मत बदल दिया यार <laughs> ओ माई गॉड्स तो थैंक यू कोई ना यार हम एक्सेप्ट कर लेते दोस्तों फाइनल यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन भाई दोस्तों तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको अभी ओपन नहीं करेंगे दोस्तों या फिर क्या करें ओपन कर इसको एक्सेप्ट करके देख लेते हैं दोस्तों ओह oh, oh, <laughs> कसम से यार मेरे को यार कसम से गई यार ये मैं यार कही बोले यार सोचा ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार <laughs> ब्लू प्रिंट निकल जाएगा सो मैं ऐसे आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए यार कंटेंट बनाने के लिए आया था सो हैक कैसे यूज करती इसके लिए आया था दोस्तों सो ओ यहाँ पर बंडल मिल गया दोस्तों सो यहाँ पर अभी मेरा ये क्योंकि यार डिवाइस छोटा है एक एंड्रॉइड फोन से कर रहा हूँ अरे भाई देख सकते हो यार ऑल इसको कर दिया था यार कुछ ऐसा इंटरफेस यार एनिमेशन देख रहे हो यार ओ माय गॉड दे यहाँ पर इसको टॉप इनक्यूबलेटर का देख लीजिए एक बार ओ भाई यार कसम से यार कई मस्त है यार कई जबरदस्त सो so, कोई ना ये भी अच्छा ही है देखने में अच्छा ही लग रहा है दोस्तों सो so, अभी मैं फिर से इसको बॉडी बना सो so, इसको मैं बॉडी बनाऊंगा दोस्तों सो so, एंड कैसे हैग यूज कर लेते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप दोस्तों सो so, वीडियो पर बने रहिए एंड इसको हम गेम को बैक कर देंगे सो so, गेम को बैक करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहला एक <coughs> यहाँ पर हमें सबसे पहला ऐप को एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों उसका नाम है जेड आर सी और सर्च कर लेना है दोस्तों उसके बाद ही इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों तो उसके बाद फाइल का ऑप्शन पर जाना है हमें एंड फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देखना है एंड्राइड पे जा डाटा पर जाके गरीना फ्री फायर कहाँ पर है सोई इस पर जाना है दोस्तों गरीना फ्री फायर में जाने के बाद सुईी मेरा अभी डाउनलोड हो गया सो हम एंड्राइड पर जा डाटा पर जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर गरीना को फाइल को इसको हम रीनेम करके यहाँ पर मेरा नाम सुजन है तो मैं इसको डॉट एस कर देता हूँ देन इसको ओके कर देता हूँ दोस्तों सो उसके बाद हमें कुछ करना नहीं अभी सो गेम को हम डिलीट कर देते दोस्तों सो गई सबसे पहला प्ले स्टोर पर जाकर हमें यहाँ पर थूनड और फास्ट सिर्फ बी आई इसको सॉर्स कर लेना है एंड उस इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों सो so उसके बाद क्या करना है अभी बताता हूँ दोस्तों में सो so जैसे ही ये हम डाउनलोड करेंगे सो so उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है दोस्तों एंड उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट कर देना है दोस्तों सो so, so यहाँ पर जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों एलाउ कर देते हैं देन फिर से इसको अलाउ कर देते ओके okay, अभी कनेक्ट हो चुका है दोस्तों सो so, उसके बाद सो so, उसको वो करने के बाद यहाँ इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा एंड ये ऐप ऐप का भी दोस्तों सो एंड उसके बाद यहाँ पर हम फिर से क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं दोस्तों एंड यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा दोस्तों सो आप लोग भी आप लोग को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों तो so, सबसे पहला यहाँ पर ये ऐसा इंटरफेस आएगा ये स्टेप नंबर वन है दोस्तों सो so, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन पर आएगा इस पर कर देना है देन उसके बाद फिर से यहाँ पर स्टेप नंबर टू है ये सो so, ये स्टेप टू है देन यहाँ पर इसको भी स्क्रॉल कर देते दे हैं दोस्तों नीचे जाना है हमें so, so, सो so, फिर से इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों सो so, एंड फिर से स्टेप नंबर थ्री है ये गाइज सो इसको ऐसे करके पांच बार कर लेना है हमें फिर से इसको डाउनलोड करेंगे दोस्तों सो फिर से ये स्टेप नंबर फोर आ गया दोस्तों सो so, इसको भी डाउनलोड पे ही कर देंगे सो so, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है इस्टेप नंबर फाइव देन उसके बाद स्क्रॉल कर लेना है हमें नीचे जाना है नीचे जाना है दोस्तों सो so, यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन फिर से इसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे सो so, उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा इस पर हमें यहाँ पर वो वोट यहाँ पर फाइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है सो so, यहाँ पर हम डाउनलोड कर देते हैं फाइल डाउनलोड फाइल कर देते हैं दोस्तों स्टार्ट डाउनलोड कर देते देन यहाँ पर स्टार्ट होना चालू कर देगा सो ये ट्वेंटी नाइन लगभग थर्टी का ये दोस्तों इसका थर्टी एम का है ये सोई so, इसको एंड फिर से हम फाइल पर जाना है दोस्तों फाइल पे जाने के बाद एंड्रॉइड पर जाके डाटा पर जाके हम इसको रीनेम करके सोई इसको हम रिनेम करके डॉट इसको करते थे दोस्तों सो उसके बाद यहाँ पर हम फिर से क्रोमब्राउज़र पर चल जा, चला जाते दोस्तों सो उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर जाके यहाँ पर डाउनलोड पे जाके ये अभी हो रहा है सो so, इसको इंस्टॉल कर लेते दोस्तों यह अभी हो चुका है देन यहाँ पर अभी फ्री फायर ओपन कर लेते दोस्तों सो so, गाय इस तरह से हम यूज हैक यूज कर सकते हैं दोस्तों सो so, आज के लिए बस इतना ही गेम प्ले अगर आप लोग गेम प्ले देखना चाहते हो तो यहाँ पर ऊपर आई आई सेक्शन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों सो so, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों जो भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पहली बार आ रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन बटन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिए दोस्तों ताकि सबसे पहला आप लोग को मेरा लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को देखना मिलेगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों